यह है एंजल इन माय किचन जी यहाँ पे हम आए हैं मेरा बर्थडे कि भी है उसका था क्या है इसका, इसका ओरियो वाले का और वो सौ पचास का है हाँ? दो का है और वो पाइन एपल कौन सा सही रहेगा तुम बताओ मेरे को तो इसका वो बताएगी ना से लेना थी। चुक चुक थी देखो पापा नीचे बट हाँ। हाँ। हाँ, तो देख हाँ। ये हाफ के जी का है हाँ। हाँ। ये नीचे वाला ये कौन सा है ये वालाट बेल्जियम चॉकलेट ये अच्छा ये ले लेते हैं कितने का है? तो ये चौदह सौ पैंसठ यार ऐसा मत करो ये वाला दे दो तो करोट तो हाँ। कुछ लिखना है वामिका हैप्पी बर्थडे वामिका के एक ये दे दो और, और पता है है है एक हाफ दे दो तो ये ये ये वाला ये फ्रूट वाला तो फ्रूट अच्छा लग रहा फ्रेंड्स कैफे और यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होएगा फ्रेंड्स हो ये हमारी मंडली है मंडली